हेलो तो दोस्तों मैं धर्मेंद्र मुजिद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल गुजराती चेस जोन में दोस्तों अब तक हमने दो ओपनिंग की सीरीज खत्म कर दी है स्कैमेडियन डिफेंस उसके बाद में मैंने आपको दी है डेनिश गेम्बेड की लाइंस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैरोकॉन डिफेंस हाउ टू प्ले अगेंस्ट कैरोकॉन डिफेंस दोस्तों कैरोकान डिफेंस के सामने व्हाइट से कैसे खेला जाए और कैसे अच्छी पोजिशन और अटैकिंग पोजिशन आप जान जानते हो कि मेरी सभी लाइंस गैम्बिट लाइंस होती है मोस्टली हम पॉन सेक्रीफाइस करके पीसिस डेवलप करके अटैक लेते हैं तो यहाँ पे व्हाइट से मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्ले अगेंस्ट कैरोकान डिफेंस कैरोकान डिफेंस दोस्तों वर्ल्ड में बहुत ही फेमस ओपनिंग है सिसिलियन डिफेंस कैरोकॉन डिफेंस किंग्स पॉन ओपनिंग क्वींस गैम्बिट ये सारी वर्ल्ड फेमस ओपनिंग्स है तो इनके सामने हमें खेलने की पूरी तैयारी होनी चाहिए तो दोस्तों आज से मैं शुरू करूंगा कैरोकान डिफेंस की पूरी सीरीज तो बैक टू बैक सारे वीडियोस आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा दोस्तों ताकि मेरे हर एक वीडियो आप एक भी वीडियो मिस नहीं करें वन बाय वन सारी ओपनिंग्स आपके पास आती रहे तो चलिए शुरू करते हैं कैरोकॉन डिफेंस में व्हाइट से हम खेलते हैं ई जब भी हम ई खेलते हैं ब्लैक रिप्लाई देता है सी दोस्तों यहाँ पर कैरोकॉन डिफेंस में पहला मूव सी सिक्स मोस्टली हमारा सेकंड मूव सी सिक्स के सामने डी फोर होना चाहिए तो ये हमारा बेसिक मूव है इसके सामने मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त अटैकिंग लाइन गैम्बिट लाइन है और जिसका नाम है पैनोबोटोनिक अटैक पैनोबोटोनिक अटैक तो पेनोबोटोनिक अटैक बहुत ही बढ़िया खेलने में बहुत ही मजा आएगा जो सामने वाले कैरोकान डिफेंस खेलने वाले के जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे क्लोज कर देगा इससे तो c6 के बाद d4 d5 डी फाइव नॉर्मली मूव है इसके बाद वाइट खेलेगा d5 अब यहां पे आपको करना है पॉन टेक्स पॉन अलग अलग वेरिएशन होते हैं इसमें ये एक्सचेंज वेरिएशन है क्योंकि इसमें हम पैनो बोटोनिक अटैक करने वाले हैं अगर हम e5 खेल देते हैं तो एडवांस वेरिएशन में गेम चली जाती है नाइट सी थ्री करते हैं तो विनावर वेरिएशन में गेम आती है और नाइट डी टू तो टारस वेरिएशन में आप खेल सकते हो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पॉन टेक्स पॉन एक्सचेंज वेरिएशन हालांकि आप जानते हो कि कोई भी प्लेयर सेंटर पॉन को क्वीन से नहीं लेगा क्योंकि उसका भी पॉन सेंटर में होना जरूरी है तो वो खेलेगा सी टेक्स डी ये नेचुरल मूव है सभी आफ्टर सी टेक्स डी फाइव आपको खेलना है सी अब यहाँ पे नॉर्मल कोई भी प्लेयर अच्छा प्लेयर पॉन्ट एक्सपोन नहीं करता है क्योंकि इससे उसका सेंटर चला जाता है और हमारा लाइफ स्क्र भी सब डेवलप होता है तो यहाँ पर ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट एफ सिक्स बेस्ट रिप्लाई है नाइट एफ सिक्स या तो फिर ई सिक्स भी कर सकता है नाइट एफ सिक्स के सामने हमें सेंटर पर ही अटक बढ़ाना है यहाँ पर आपको खेलना है नाइट सी और वाइट अगर ब्लैक बिशअप एफ करता है यहाँ पर तो बिशअप एफ ये रेयर ओपनिंग में आता है मतलब इतना अटैकिंग मूव नहीं है और यहाँ पे ब्लैक की एक मिस्टेक भी है तो इतने मूव्स के बाद अगर ब्लैक से कोई प्लेयर ऐसे मिस्टेक करता है तो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देना है कि ब्लैक ने फिफ्थ मूव में बिशप एफ किया जो यहाँ पर पैनोबोटोनिक अटैक में मिस्टेक है बस इसमें सीखने की कोई ज़्यादा बात नहीं है बस आपको पोन शुरुआत के जो चार मूव है तो वो कम्प्लीट अपने मतलब कम्प्लीट करने के बाद ब्लैक के अलग अलग मूव कौन से मूव खराब है बैड मूव है वो मैं आपको बताता रहूँगा और उसी मूव से आप ओपनिंग प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हो तो यहाँ देखते बिशअ एफ आई क्यों गलत है यहाँ पर आपको खेलना है क्यू बी थ्री डायरेक्ट बी सेवन पौन के ऊपर अटैक अब यहाँ ब्लैक अगर अपना बिशअप रिटर्न लेता है तो उसकी मूव वेस्ट होगी और आपको सेंटर पॉन डी पॉन मिल जाएगा तो यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देखा बी सिक्स बी सिक्स देखने में अच्छी मूव है लेकिन ये एक और मिस्टेक वाली मूव है यहाँ आपको सी टेक्स डी करना है अब यहाँ पे देखिए ब्लैक खेलेगा ए सिक्स उसका डार्स स्वेयर बिशअप डेवलप करने के लिए यहां आपको है चेक। यहां करना है बिशअप बी फाइव चैक आफ्टर नाइट बी डी सेवन यहां आपको सिंपल नाइट एफ डेवलप करना है नेक्स्ट मूव में नाइट ई फाइव की थ्रेट है तो एन एफ के बाद ब्लैक खेलेगा इटेक्स डी फाइव सिंपल कैसल कर लो बिशअप सेवन रुक ई वन ब्लैक कैसर सिक्स पॉन वर्सेज सिक्स पॉन दोनों के पॉन्ट्स इक्वल है लेकिन पोजिशनली ब्लैक यहाँ पे बहुत ही अटैक में और प्लस पोजिशन में है अब यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर से बहुत सारे गेम्स देखने को मिलेगी तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि चैस में आप अपने पसंद के बहुत सारी गेम्स सर्च कर सकते हो तो चलिए इसमें मैं आपको एक गेम दिखाता हूं ई फोर ब्लैक सी सिक्स डी फोर डी फाइव ई टेक्स डी फाइव सी टेक्स डी फाइव टेन सी फोर नाइट एफ थ्री जी सिक्स जी सिक्स यानी डी फाइव स्क्वायर के लिए फाइटिंग वाली लाइन है यहाँ पे, यहाँ पे आपको खेलना है क्यू बी थ्री बी सेफ जी सेवन सी इंटू डी फाइव ब्लैक कैसल इसमें ये लाइन के बारे में हम बाद में डिस्कस भी करेंगे आ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्लेयर ब्लैक से डी पोन को कुछ मूव के बाद में वापस लेने का ट्राई करते हैं यह उनकी प्रिपरेशन होती है तो उसे कैसे परफेक्ट रिप्लाई देना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अब हम देखेंगे मेरी खेली हुई गेम जो सिगोरिन डिफेंस में खेली थी दोस्तों आज की गेम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे सिगोरिन डिफेंस में मैंने खेला था ब्लैक से और सिगोरिन डिफेंस के डी फोर अगेंस्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ तो इसके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चलिए शुरू करते हैं डी फोर डी फाइव सी फोर मोस्टली <coughs> सीगोरिन डिफेंस क्वीन किंग्स क्वींस uh, गैम्बिट के सामने ही होता है तो सी फोर के सामने सेकंड में नाइट सी सिक्स यहाँ पे नाइट सी थ्री वेरिएशन ये सबसे बेस्ट होता है वाइट के लिए पर इसके सामने कैसे रिप्लाई देना है ये मैं आपको बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में जब भी मैं सीगोर की सीरीज शुरू करूंगा तो सभी ओपनिंग सभी वेरिएशन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सिक्स खेला है नाइट एफ नाइट सिक्स नाइट एफ और यहाँ पे बिशअप सेवन तुरंत आफ्टर ई थ्री शॉर्ट कैसल ए थ्री बी सिक्स बी फाइव अब वाइट का आइडिया यहाँ पे सी फाइव करने का है तो यहाँ पे नाइट इफोर अर्ली मूव मतलब तुरंत अटैक करना जरूरी है नाइट टेक्स पॉन टेक्स और नाइट डेटू इसके सामने एफ फाइव अब मुझे सी फाइव की कोई टेंशन नहीं है सी फाइव ए सिक्स आइडिया बिहाइंड दिस मूव कि मैं बी फाइव भी स्टॉप कर दूंगा या ए बी फाइव को यहाँ आने से रोकता हूँ रुक सी वन यहाँ पे एक थ्रेट है सी बी सिक्स और रुक टेक्स सी सिक्स तो इसको सिंपल ब्लॉक कर देते हैं हम क्यू थ्री रुक बी एट बीसपी किंग एच एक वेटिंग मूव है एच फोर यहाँ पे वाइट ने तुरंत अटैक शुरू किया है रुक डी एट आइडिया कि मुझे अब रुक डी फाइव करना है और उसके बाद में ई फाइव ब्रेक करना चाहता हूँ पहले नाइट अब वाइट ने ई फाइव करने से रोक लिया यहाँ पे तो सी सिक्स एच सिक्स जरूरी था क्योंकि एच सिक्स नहीं करते हैं तो एच सिक्स वाइट की मुँह जो है वो हमें परेशान कर सकती है रुक एच फोर रुक डी फाइव अब हमारा मुँह होगा ई फाइव बी डी वन फिर भी हम ई फाइव करेंगे बीसभ बी नाइट सेक्रीफाइस ये मैंने सोचा था उसने ये सोचा है कि अगर हम पॉन टेक्स नाइट करते हैं तो वो रुकटेक्स पोन मार के हमारा पॉन पिनिंग करेगा और ये सेंटर पॉन पे अटैक करने के बाद उसे अटैक मिलता है लेकिन ये गलत सेक्रीफाइस था प्यू मैच प्री मैचोर मैंने सिंपल पॉनटेक्स पोन किया जिससे क्विन पर अटैक आता है और बाद में पॉनटेक्स नाइट और सिंपल हम पीसअप हो गए हैं अब धीरे धीरे प्लस होने के बाद गेम को संभाल के खेलना होता है जब भी आप प्लस होते हो तो बहुत ही देखो डबल अटैक हो गया है अब बी एट वाले रुख और एफ फाइव वाले बिशअप पे सिंपल रुख एफ एट जिसे डिस्कवर्ड भी हो गया क्वीन ई थ्री नाइट मेनोरिंग कर रहे हैं अब देखो डी फोर पॉइंट पे दो अटैक किंग से फोर सपोर्ट करेगा नाइट गेम में आ गया है और यहाँ पहले पिनिंग में से हटाना जरूरी है यहाँ पे ऑलरेडी d4 पे तीन अटैक है वाइट ने एक सपोर्ट बचा बढ़ाया और उसके बाद क्वीन g5 आफ्टर पॉन पुश सिंपल बिशअ h7 सेवन यहाँ पे बिशअ से पॉन मारना ये एक बैड मूव होता अगर मैं बिशअप टेक्स पॉन लेता तो रुक जी वन से मेरा बिशअ पिन होके ट्रैप हो जाता है जिसे कोई सपोर्ट दूसरा हम नहीं ला सकते तो बिशप h7 बेस्ट मू और ये नाइट d5 से फोर्स एक्सचेंज बिशप वर्सेस नाइट क्योंकि फोर्क था और हमने क्वीन से लिया और इसके बाद c4 पे उसने कंट्रोल किया है रुक एक्सचेंज में रख दिया है सिम्प्लीफाई हमारे लिए बेस्ट होगा अब हमें रुक भी क्वीन भी सिंपलीफाई करना है तो सिंपल चेक और गेम बिल्कुल इजी हो जाएगी यहाँ पे डेवलप योर बिशअप फर्स्ट बिशअ को सेंट्रलाइज कर दिया उसके बाद किंग लाना है सिंपली सिंपल गेम हो चुकी है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन अब नहीं है आप देख सकते हो ये पूरा बिशअप प्लस है तो ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है चेक दे एक पीस एक्सचेंज कर दो और हम मटेरियल एडवांटेज लेंगे यहाँ पे स्क्वायर कंट्रोल करते जाना है दोस्तों सामने वाले के किंग को भी एंट्री नहीं देनी है ये खास ध्यान रखो गेम में जब भी आप गेम खेलो तो अपोनेंट के किंग को भी एंट्री मत दो और धीरे धीरे आपको उसके सारे फोन मिल जाएंगे यहाँ पे वाइट ने डिजाइन कर दिया है तो ये बेस्ट गेम थी कैरोकॉन डिफेंस के सामने सॉरी वाइट से क्वींस गैम्बिट के सामने सिगोरिन डिफेंस मैं सीगोरिन डिफेंस के बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूं तब तक के लिए पहले हम कैरो कान अगेंस्ट पैनो बोटोनिक अटैक के बहुत सारे वीडियोज़ देख लेंगे तो नए वीडियो में जल्द ही मिलेंगे जय हिंद जय गुजरात